हेलो नमस्कार दोस्तों अब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बीस और बीस इक्कीस और इक्कीस बाईस स्कॉलरशिप जो बच्चों को मिलते थे वो इन वर्षों से नहीं मिला था इसलिए मुख्यमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है कि इसको जल्द से जल्द इसका अप्लाई किया जाए और इसके एक माह के अंदर इसका पैसा अकाउंट स्टूडेंट एक के अकाउंट में आ जाएंगे तो ये रहा इस वेबसाइट का लिंक पी ऑनलाइन डॉट वी एच डी अब हमारे पास कुछ पेपर कटिंग भी है उसको भी हम आप लोगों के सामने दिखाते है। हैं ये एस सी एस टी का एक अलग पोर्टल है और डी सी ई बी सी स्टूडेंट अलग पोर्टल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आने से बच्चों में बहुत ही खुशी का आधार आया होगा और जो ये वीडियो देखते हैं जो जितने भी आदमी वो इस वीडियो को फैलाएँ ताकि गरीब तर्क के विद्यार्थी को इस स्कॉलरशिप से सहायता मिल सके आइए हम पेपर कटिंग दिखाते हैं आप हाँ लोगों को जो हिंदुस्तान में दिया गया था बिहार में तीन साल से मैट्रिक पास विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति कह रहा है कि तीन साल से जुरुका हुआ पैसा था विद्यार्थी का वो अब एक ही बार सबका ऑनलाइन होगा बिहार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा शिक्षा एवं वर्ग के लाखों छात्रों को पोस्ट मैट्रिक प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब आसानी से मिल सकेंगे इसके लिए उन्होंने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अर्थात अब जो पहले जो नेशनल एक पोर्टल था उस नेशनल इस्कॉलरशिप पोर्टल पे अब ऑनलाइन नहीं करके अब ये इस पोर्टल पे नया वाला जो पोर्टल आया हुआ है पी एम एस ऑनलाइन डॉट इस वाले पे आप लोग आकर के विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो ये अब जल्दी ही है और ये एक महीना के अंदर ही पेश आ जाएगा जहां तक इसे पेपर कटिंग में बताया गया है शिक्षा विभाग ने ये एनआईसी की मदद से बिहार का अपना ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया है शुक्रवार को इसकी लॉन्च करने के मौके पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के एन पोर्टल पर आवेदन करने की निर्भरता के चलते यह योजना तीन चार साल से लंबित रह रही जय के प्रथम अनुसार जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उसके प्रथम अनुसार तो को जब इसका पहुंच हुआ था तो उन्होंने बताए थे कि एन एस पोर्टल जो था उस पर बहुत निर्भर हो चुके थे और ये तीन चार से इसीलिए ये जो गरीब तत्व के विद्यार्थी का पैसा था पैसा था वो रुका हुआ है गरीब तथा पिछड़े वर्ग के मेघावा मेघावी छात्रों कोर्स छात्रवृत्ति के लिए इंतजार कर करना पड़ा था एन आई द्वारा पोर्टल तैयार करने कर देने से यह इंतजार खत्म हो जाएगा वर्ष उन्नीस से लेकर के बीस और बीस इक्कीस व इक्कीस बाईस सत्र ये सत्र जो उन्नीस बीस है और बीस इक्कीस है और इक्कीस बाईस है तीनों साल का लंबित छात्रवृत्ति योजना के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकेगा गरीब घर के बच्चों को अब समय पर छात्रवृत्ति राशि मिल पाएगी दूसरे राज्य भी इस पोर्टल का अनुसरण करेंगे अब जो है इसी राज्य के नहीं वही मतलब दूसरे राज्य का भी इस पोर्टल से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलना हुआ आसान लॉन्च हुआ ऑनलाइन पोर्टल ये नया पोर्टल आया है दो से जो लंबित छात्र का स्कॉलरशिप था वह अब ऑनलाइन होगा पोर्टल पर निबंधन और आवेदन के एक माह अंदर मिल जाएगी राशि यहाँ पे भी बताया गया है कि पोर्टल पर निबंधन और आवेदन के एक माह के अंदर मिल जाएगी राशि शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा सभागार में आयोजित भव्य समारोह में इस पोर्टल डब्ल्यू इनको विद्यार्थियों के लिए लोकप्रिय करते हुए शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि इस पोर्टल पर निबंधन व आवेदन के एक माह के अंदर ही डिबिटी के माध्यम से राशि लाभार्थियों के खाते में करी जाएगी अर्थात इस पोर्टल से ऑनलाइन करते ही एक माह के अंदर लाभार्थी के खाते में पैसा चले जाएँगे यही था आज का मुख्य जो कुछ पोस्ट स्कॉलरशिप हुआ था उसके लिए चलिए तो जो भी हमारे एसपी टॉप ऑनलाइन चैनल को देखते हैं वो वह कृपया अधिक से अधिक बच्चों तक तो पहुँचाए उनके गार्जियन तक तो पहुँचाएँ ताकि वो तो जल्द से जल्द बदल पर अपना और राशि स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकें धन्यवाद आपने नक्सल समय देने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रेड बटन का जो बटन है उसको तो क्लिक करें और बेल आइकन जो है नीचे में उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें जो भी नया वीडियो आएंगे आपको के और आप तो लोग तो जो सरकारी फंड आते हैं उनको तो हम लोग खुद करके आपके चैनल एसपी पी के डालते हैं और उसको देखकर के आप लोग अपना जो कार्य रहता है वो कीजिए जिसका जो स्कॉलरशिप है जैसे ऑनलाइन कोई पैसा है वो सारा चीज़ हम धीरे दृष्टि और आप लोगों का कमेंट रहा और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा रहा तो हम इससे मोटिवेट होकर के इससे ऑनलाइन पेशी किया जाता है वो वीडियो बनाएंगे थैंक यू